गाइज ये तो आपको पता ही है कि प्लेन्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं इनफैक्ट बोइंग 737 तो अस्सी हज़ार के का होता है और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आर होती है पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ उनके टायर्स में रबर के साथ साथ एल्युमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे छह गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके क्या आपको इससे पहले तक ये पता था नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा लिंक बायो में गिवन है